एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मूंग और उड़द की खेती करने वाले किसानों से पंजीयन कराने की अपील की कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश के किसानों से ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए प्रदेश सरकार ने 8 मई से 19 मई 2023 तक पंजीयन करने का निर्णय लिया कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया की प्रदेश के बत्तीस जिलों में मूंग और दस जिलों में उड़द का उत्पादन होता है इन जिलों में किसानों से अपील करता हूं कि वे 8 मई से 19 मई तक अपनी फसल का समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचने के लिए खरीदी पंजीयन कराएं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया की नर्मदापुरम नरसिंहपुर रायसेन हरदा सीहोर जबलपुर देवास सागर खंडवा खरगोन कटनी दामोह विदिशा बड़वानी मुरैना श्योपुरकला भिंड भोपाल सिवानी छिंदवाड़ा बुरहानपुर छतरपुर उमरिया धार राजगढ़ मंडला शिवपुरी अशोकनगर इंदौर बालाघाट इन 32 जिलों में मूंग का उत्पादन किसान करता है वहीं जबलपुर कटनी नरसिंहपुर दामोह छिंदवाड़ा पन्ना मंडला उमरिया सिवनी और बालाघाट में उड़द की फसल की खेती किसान भाई ग्रीष्म काल में करते हैं अब इनकी फसल भी समर्थन मूल्य पर ली जाएगी नमस्कार किसान भाइयों माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद ऐसी हमने तीसरी फसल मूंग की प्रारंभ की है और इस बार 12 लाख हेक्टेयर से भी अधिक मूंग बोया गया है और इसलिए समर्थन मूल्य को तो हम खरीदी प्रारंभ करेंगे और जिसका पंजीयन का काम 8 तारीख से 19 तारीख तक रहेगा ऑनलाइन पंजीयन होगा अपने गांव में अपनी सोसाइटी में आप पंजीयन कराएं और सात हजार सात सौ पचपन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेन्द्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री उन्होंने प्रारंभ किया है